एक्ट्रेस रवीना टंडन के जंगल सफारी पर बवाल हो गया है जंगल सफारी के दौरान अभिनेत्री के टाइगर के बिल्कुल नजदीक जाकर फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने से विवाद खड़ा हो गया है वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर अभिनेत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं अभिनेत्री रवीना टंडन इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग के चलते मध्य प्रदेश में है इस दौरान वे नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व पहुंची और इस दौरान उनके बाघ के करीब से फोटो करने पर विवाद खड़ा हो गया वही सतपुरा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने रवीना टेंडन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं प्रबंधन का कहना है कि टाइगर के वीडियो शूट में नियमों की अनदेखी हुई है रवीना ने खुद 25 नवंबर को जंगल सफारी का एक वीडियो ट्वीट किया था वीडियो में जिप्सी टाइगर के काफी करीब थी और बाघ दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता था वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का